विष्णु ंग विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु का सहयोग दान करना विष्णु पेट का दान करें यही है आप लोग थकते नहीं है राधा नाम में गौ नाम में लोग थकते नहीं है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 I'll be your champion, and I'll be your knight. Come on, you're mine. a <laughs> I'm just going to Krishna hai Krishna Krishna Yeah wow. Yeah, yeah.